तो हेलो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा बंडल तो निकला, और रोजी और ये सभी चीजें लेने से पहले मैं आपकी कलेक्शन दिखा देता हूं और ये सभी चीजें आपको कैसे मिलेंगे ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देख आइए देख लेते हैं इसके कलेक्शन में क्या क्या है तो आप जैसा की देख सकते है यहाँ पे के बंडल वगैरह और फिर और भी बाकी यहाँ पे कपड़े वगैरह ड्रेसेस है देख सकते हैं जोकर के बंडल है और ये पास का है तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखते जाइए यहाँ पे बहुत सारी ड्रेसेस वा... गन के कलेक्शन है पेट के कलेक्शन है और भी बाकी बहुत सारी चीजें आप देखते जाइए É hora do show. तो आपने सारे ड्रेसेस देख के लिए होंगे अब बढ़ते हैं कन के कलेक्शन की तरफ ये हम फोर्टी वन में देख सकते हैं इतनी सारी स्किन्स हैं यहाँ पे आप, आप देख दीजिए एक दो तो, तीन चार पाँच तो, छः सात आठ नौ नौ सात स्किन है और एक के में यहाँ पे तीन लेज एंड्री है चार लेज एनट्री और ये पार्टी नॉर्मल वगैरह है और ये मैन्यूफ्री में है ये क्यूपीटी स्कार में टाइटन स्कार है और ये नॉर्मल सी स्कैन वगैरह है फिर आतेजा में एक ही है फार्मस में भी एक है ये इसमें भी एक है और ये नाइन फोर में भी एक ही लेजेंट्री है और ये प्लाजमा में कुछ नहीं है सब वगैरह तो नॉर्मल सी है और ड्रैगन और में एक ही लेजेंट्री है अच्छी सी वो भी इसमें भी कुछ नहीं है ये डबल रेट ऑफ फायर वाली है वन में एक ही लेजेंट्री है और ये सब नॉर्मल एसएमजी में यहाँ पे दो तो है और ये ये नहीं है ही था उस पर ये सब नॉर्मल है, है।, है ये सभी नॉर्मल है शॉर्टकट में एक ये अभी बहुत लेजेंडरी सा और ये सब नॉर्मल है ये एम वन सेवन में ये कुछ भी नहीं है खास ये सब फालतू तो। देख सकते हैं पे तीन चार पाँच है टूबी पे भी ये नॉर्मल सी है और फिर ये सब सब नॉर्मल है सब नॉर्मल यहाँ पे आते हैं। देख सकते है, है तो हैं सारी पे पैन की फिर आते हैं फ्रैंक की और फ्रैंक में भी, भी बहुत सारी स्किन है बैट पे ये नॉर्मल है सब ये सब और फेस्ट पे नॉर्मल है कुछ नहीं है जंगट पे देख सकते सारी स्किन है यहाँ मतलब ये सब सब बहुत पुराने हैं सब देख सकते हैं आप यहाँ पे ग्लोबल पे आते हैं तो ग्लोबल पे एक दो तीन चार स्किन है यहाँ पे और अदर्स मिले कुछ नहीं नॉर्मल सी है बस। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें यहाँ पे बढ़ते हैं ये पेट के स्किन की तरफ ये देख सकते हैं चार पांच ही बस लॉक है सारी अनलॉक की गई है यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी बाय पेटे यहाँ पे कलेक्शन पे और एक चीज छूट गई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अदर्स में जाके यहाँ पे दो ब्लू प्रिंट है और छिल स्टोर में एक मैजिकार्ड वगैरह यहाँ पे डिस्काउंट टोकन सारी और तो है, तो पे डौयले, डौयले की सारी है, और वगैरह पे पे डायमंड सारी ये टोकन कब मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको ये सारी चीजें फ्री में कैसे मिलेंगे तो ये वीडियो के नीचे आप कमेंट करें जिसका कमेंट मेरे को सबसे अच्छा लगेगा उसको मैं आईडी गिव अवे कर दूंगा और सबसे जरूरी बात जिन बंदों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा उन्ही में से किन एक को ये गिव अवे मिल सकता है तो वीडियो के नीचे जल्दी जल्दी सारे कमेंट